ये एक कचरा है जो बनारस में बाबा विश्वनाथ के सामने रखा हुआ है इस के बारे में क्योंकि आप लोग दर्शन करने जाते हैं मेरी प्रश्न भूमि यह है कि मैं दर्शन कम करता हूं इसलिए बाबा विश्वनाथ के सामने जो नंदी है जो पिछले 500 सौ वर्ष से इस सनातनी हिंदू के पुरुषार्थ का इंतजार कर रहा है कि जहां उसके बाबा विश्वनाथ होने चाहिए थे वहां कोई इस्लामिक कचरा रखा हुआ है जिसे साफ करना है इसलिए ये 2022 का भारत है यहां इशारों में बात करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ साफ सफेद साफ शब्दों में अपनी बात रखनी है जिसको अच्छी लगे वो सुने और जिसको अच्छी न लगे वो चाहे जयपुर का हो चाहे बनारस का हो चाहे अयोध्या का हो और जहां मन जाए वहां चला जाए हमको किसी का दिल नहीं जीतना है हमने सात साल तक दिल जीतने के बाद गुलामी की है पहली बार हमें अपने होने का एहसास हुआ है इसलिए अब दुनिया को हमारा दिल जीतना है हम किसी का दिल नहीं जीतना इस तस्वीर के माध्यम से आप सब लोगों ने नाम दिया लेकिन हम कभी कभी जाने अनजाने में, में, या या होने के कारण पॉलिटिकली करेक्ट होने के चक्कर में या समाज में हमें कोई अलग से न देखे कोई हमारी छवि खराब ना हो जाए कहीं एहसान भाई जरूर जाए इस चक्कर में हम झूठे नरेट को सनातनी हिंदू इस देश में कम से कम मैं जिस समय से देख रहा हूं हम झूठे नगेटिव को रोज स्थापित करते हैं और फिर अपने शत्रु से उम्मीद करते हैं कि शत्रु आपके साथ वो व्यवहार करे जो आप चाहते हैं ऐसा नहीं था कि ये जो डॉक्टर रत्नू की किताब महाराणा के अंदर जो तस्वीर बनी थी उसका नाम मुझे पता नहीं लेकिन दो बार अपने मन में जरा सोचिए ज्ञान वापी और फिर मस्जिद ज्ञान का मस्जिद से संबंध क्या है ज्ञान व्यापी मस्जिद आपने अपने शत्रु के उस नरेटिव को खूब चलाया और आप कहते हैं ज्ञान व्यापी मस्जिद कहां पर सुना आपने कि ज्ञान बांटा जाता है मस्जिद में इसके जवाब अपने शत्रु के बनाए हुए नरेटिव पे चलाते हैं तो एक नहीं आपने हजारों ऐसे झूठ बोले हैं और हम उन झूठ को इसलिए चलाते हैं आगे कि कोई हमारी छवि कट्टरवादी ना हो जाए हमारे बारे में किसी के देखने का नजरिया न बदल जाए इसको एक खुशखबरी सुनाता हूं फिर अपनी बात शुरू करूंगा ये जो तो तस्वीर आपने देखी है कचरे की इस कचरे को लेकर के आप सबको पता होगा कि पूरे देश में एक हंगामा मचा हुआ है और बाबा विश्वनाथ की धरती पे आज भी सुबह थोड़ी देर पहले फिर दोबारा से सर्वे शुरू हुआ है महत्वपूर्ण यह नहीं है कि सर्वे शुरू हुआ है महत्वपूर्ण यह है कि मैं तो न उस टीम का हिस्सा हूं कोर्ट कचहरी के आदेश से मुझ पर कोई रोक है मैं भारत का स्वतंत्र नागरिक हूं और मेरे पास अपने और रिसोर्सिस हैं कल जितना भी सर्वे हुआ है कोर्ट ने उन लोगों को जो सर्वे के तहत उन नीचे जो तहने थे उसमें गए उनको बोलने के लिए मन किया है मुझे खुशी है कि हम 10 12 लोगों की जो टीम है उस टीम के सदस्य विष्णु शंकर जैन इस वक्त उन पांच महिलाओं जिन्होंने शंगार गौरी मुकदमा किया है उसे लड़ रहे हैं आदेश से कल उन में गए और क्योंकि विष्णु शंकर जैन की नजर सिर्फ अपने एजेंडे पर है किसी को पॉलिटिकली करेक्ट होकर बयान देने पर नहीं है मैं जब सुबह चला तो मेरी उनसे बात हुई मैंने उनसे कहा कि ये ये बात मुझे आप तथ्यों पर बताइए फैक्ट है या नहीं है क्योंकि मैं उसने नहीं कह तमाम सारी मीडिया में खबरें चल रही हैं मुसलमान पक्ष ने कहा वहां कुछ भी नहीं है किसी ने कुछ कहा लेकिन आपकी जानकारी के लिए जिस तहखाने को खोला गया है उस तहखाने के अंदर बहुत सारे शंख और गणेश की मूर्तियां मिली उस कमरों के अंदर सनातन संस्कृति के जितने भी चिन्ह हैं वो सब मिले हैं हो सकता है आज शायद आखिरी हो ये बात आपको तो कोर्ट के माध्यम से पता चलेगी लेकिन आज से आप एक काम जरूर करिएगा कि आप सच बोले और किसी से न डरे दुनिया में और मुझे दुख इस बात का है कि जब सनातनी उनसे डरने लगता है जिन्होंने 800, 1200 साल पहले 700 साल पहले 600 साल पहले 400 साल पहले डर के मारे तलवार के जोर पर शलवार पहन ली थी वो डरे हुए लोग डरा रहे हैं हैं और आप ये नहीं कह पाते हैं कि जब हम जब नहीं डरे तो तुम डरे डरेलू से हम डरेंगे तुम किस बदली में हो भाई इससे नरेटिव सही होना चाहिए आपका और नरेटिव सही जब होगा जब आपको किसी का विश्वास नहीं जीतना है किसी का दिल जीतने की जिम्मेदारी ये काम सरकारों का है समाज समाज सेवकों का नहीं है हिंदू समाज का नहीं इसलिए हमने ही झूठ बोला सारे धर्म बराबर हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है सबसे बड़ा है। लेकिन हमें अच्छा लगता है क्योंकि हम लालची हैं और एक लालची आदमी कायर होता है और कायर आदमी कभी सवाल नहीं करता है कायर आदमी समझोते तलाशता है और समझोरों के जरिए वह तो अपनी जिंदगी पूरी करना चाहता है कभी परिवार के नाम पे, कभी समाज के नाम पे, कभी इलाके के नाम पे। कमजोर कमजोर ही रहता है और ताकतवर ताकतवर ही रहता है आप जब कमजोर होते हैं तो आप ताकतवर की दया पर जिंदा रहते हैं उसका जब दिन चाहता है वो समझता है कि अगर इनका काम हो गया तो कश्मीर बना देता है जब काम हो गया बंगाल बना देता है आप सोचते हैं कि ये भाई चारा वर्षों से है यह सारे नेरेटिव इस देश में हिंदुओं ने बनाए किसी और ने नहीं बनाए इससे आज भी आपको शत्रु का नारा और शत्रु का नेरेटिव आपके घर में चलना है बीमारी कहीं और नहीं है उसके लिए किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है अपने अंदर झाके आखिर तो हम किसी का भरोसा जीतने किसी का दिल जीतने के लिए क्या क्या नहीं करेंगे इसलिए एक अमीर खूसरों का गाना चला और हम ही गाए छाप तिलक सब छीनो तो से नहगा मिला क्या बात आज जो हमको नजर आता है जिसे आप कन्वर्जन कहते हैं इससे सॉफ्ट कन्वर्जन झाकेंगे लेकिन वो चला रहे और हम खुशी हैं इन बातों में हमारे यहां पर बड़े, बड़े इतने सारे मठ हैं आश्रम हैं तमाम दुनिया की चीजें होती हैं सुबह चले के शाम तक हजारों प्रवचन करते हैं हर गली में तो हिंदू संगठन है हर गली में उनके समय से ऐतराज नहीं है मुझे मुझे इसलिए एतराज है कि वो शायद बिना जाने कुछ लाभ हानि के लिए तत्कालिकब्लिस के लिए कुछ मिल जाए इसके लिए आप सच नहीं बोल रहे और वो 1400 साल पहले हो सकता है कि आपकी सोच में उनकी किताब के बारे में कुछ ऑब्जेक्शन हो लेकिन वो उस किताब को जैसी है वैसा ही मानते हैं आज तक उसमें कोई जेल जबर और नुक्ता ऊपर नीचे नहीं हुआ लेकिन आपने लोगों के चक्कर में अपना नुक्ता भी बदल लिया किताब भी बदल ली और आपके राष्ट्र बिताने अभी एक साहब आपके शहर के मिले में उनका नाम नहीं जानता वो न्यूरो सर्जन है फिर उन्होंने कहा कि नेहरू और गांधी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक है तो मैंने कहा आप न्यूरो सर्जन है इसके लिए आपको सलाम लेकिन बाकी बातों के लिए कोई सलाम नहीं सकता मैं क्योंकि सनातनी परंपरा में हमारी परंपरा में उम्र से जो बड़ा है चाहे वो तो प्रधानमंत्री है या चपरासी है उसका सम्मान किया जाता है पद से जब समाज किसी का सम्मान करने लगे तो समझ लीजिए कि समाज चाटुकार हो गया है वो बहुत बड़े पद तो में है तो शाश्वत छोटे पद में है तो झुकके सलाम और बराबर के हैं तो हाथ मिला हमारे व्यक्ति की उम्र देखी जाती है उसका पद नहीं देखा जाता है सम्मान देने के लिए गांधी जी के आगे जी इसीलिए लगाया जाता है वो इत्तेफाक से उम्र में बड़े हैं उनके कार्य की मैं मूल्यांकन कर नहीं कर रहा लेकिन गांधी जी ने अगर अपने जीवन में झूठ बोला शुद्ध रूप से बोला इसके लिए उनको हर मंच से उस पूरे पाखंड को जाकर जरूर करूंगा तो गांधी जी के किसी पाखंड पे बोलना उनके सम्मान को कम करना नहीं है लेकिन सम्मान के साथ वो झूठे और फ्रॉड करें तो कहें इंसाफ ये तो उम्र में इनके पैर छूए तो पैर नहीं छूंगा इससे उनसे कोई निजी झगड़ा नहीं उनके प्रति कोई दुर्भाव नहीं मिलेगा इसलिए जब समाज ऐसे लोगों को हीरो बना देता है और पूछता नहीं है उनसे और ये वो समाज है जहां भगवान राम पर सवाल उठता है सीता मां पर सवाल उठता है तब इस देश में किसी को तकलीफ नहीं होती कि भगवान राम के ऊपर आप सवाल उठा रहे हो सीता के चरित्र सवाल उठा रहे हो हमारा सवाल बोलता नहीं है लेकिन महात्मा गांधी की तमाम वो हरकतें जो उन्होंने की अगर उसमें सवाल पूछ लो तो लोग कहते दीजिए साहब आपको जेल हो सकती है ये विचित्र देश है भगवान राम को गाली देने पर जेल नहीं होती गांधी को जेल हो जाती है गाली देने पर